वेलकम टू आई टी आई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का कर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फिटर ट्रेड की फिर से एक नई क्लास लेकर के आया हुआ हूं, जो कि डेमोस्ट्रेशन से रिलेटेड है आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन में वी ब्लॉक के बारे में यहां पे बताऊंगा। अब हम देखेंगे वी ब्लॉक्स क्या है सबसे पहले इस हेडिंग्स के अनुसार ही इसके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्टेक्चर मतलब वी ब्लॉग जो है हमें किस तरह का दिखता है अब हम यहाँ पर देखेंगे ये जो वी ब्लॉग्स है ये इस सेब में होता है ये हमारा जो वी ब्लॉग है सिंगल लेबल सिंगल ग्रुप मतलब कि ये जो है हमारा ये वी ग्रुप्स है इसमें सिंगल लेबल तथा सिंगल ग्रुप इस कारण से इसका वी ब्लॉग्स नाम पड़ा अब हम आगे देखेंगे इस काम के लिए यूज किया जाता है ये गोल जॉब्स को राउंड जॉब को सहारा देने के लिए यूज किया जाता है और भी देखेंगे हम इसका यूज इसका यूज मिलिंग सेक्स्ट गोल आकार के जॉब इसके ग्रुप में रखकर कर के द्वारा टाइप करके मार्किंग मशीनिंग इत्यादि क्रियाएं की जाती हैं। इसका जो इंक्लूडेड एंगल होता है वह 90 डिग्री का होता है मतलब इसका जो ये सिंगल लेवल है इसमें ऊपर वाला कौन 90 डिग्री का होता है इसी तरह का डबल लेवल का भी होता है अभी मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा अब आप नेक्स्ट हम देखेंगे यूज यूज मैंने इसका बता दिया है ये राउंड जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है अब इसका साइज जो होता है वह लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अनुसार इसका साइज लिया जाता है अब हम देखेंगे वी ब्लॉक खांचे का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है अब इसके बाद में इसका जो तो मैटर्स होता है ये ग्रुप का ये कास्ट आयरन का बना होता है लेकिन माइल्ड स्टील का भी बना होता है इसे टैंपर कर दिया जाता है अब इसके बाद में हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन जो हमारे वी ब्लॉक्स हैं वे कितने टाइप्स के होते हैं सबसे पहला है सिंगल लेबल सिंगल ग्रुप ये जो वी ब्लॉक्स है ये सिंगल लेबल सिंगल ग्रुप्स वी ब्लॉक्स हैं अब हम देखेंगे सिंगल लेवल डबल ग्रुप्स सेम इसी तरीके का वी ब्लॉक्स जो होता है इसमें लिखा हुआ है सिंगल लेबल डबल ग्रुप्स सेम ये वी ब्लॉक होगा बस यहाँ पे डबल ग्रुप्स हो जाएंगे तो इसका नाम सिंगल लेबल डबल ग्रुप पड़ जाएगा नेक्स्ट हमारा डबल डबल लेवल सिंगल ग्रुप मतलब ये ये जो हमारे होंगे, ये होंगे ऊपर ऊपर भी भी, और नीचे 90 डिग्री पे और नीचे 120 डिग्री पे, और ग्रुप जो होगा हमारा वो सिंगल होगा और नेक्स्ट हमारा मैच पेयर मैच पेयर के बारे में हम देखेंगे कि मैच पेयर किस तरीके का होता है कार के वी ब्लॉक्स जो पेयर्स में पाए जाते हैं इसके दोनों वी ब्लॉकों का साइज और परिशुद्धता में एक ग्रेड जैसा होता है इनको नंबरों या अक्षरों के द्वारा इंगित करते हैं इस प्रकार का वी ब्लॉक का यूज लंबी सॉफ्टों को सहारा देने के लिए यूज किया जाता है तथा मार्किंग और टेबल के समानांतर आश्रय भी दिया जाता है अब हम देखेंगे मैग्नेटिक वी ब्लॉक ये हमारा जो वी ब्लॉक्स होता है वो मैग्नेटिक का होता है मतलब चुंबक लगा होता है इसमें क्या है एक साइड में बोर्ड लगा होता है इसके द्वारा तो हम इसे टाइप करते हैं तो मैग्नेट इसमें कैच करता है अब हम देखेंगे वी ब्लॉक का स्पेसिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है वी ब्लॉक फिफ्टी ऑबलिंग फाइव टू फोर्टी तो यहाँ पे जो हमारा ये दिया हुआ है फिफ्टी ये हमारा डाया है फाइव टू फोर्टी जो इसका साइज है इसमें 5 से 40 एम तक के जॉब पकड़े जा सकते हैं यह हमारा ग्रेड है, ये हमारा है, है ये हमारा आईएस नंबर इंडियन स्टैंडर्ड नंबर है यह हमारा मिनिमम है यह हमारा मैक्सिमम है मतलब इसमें कम से कम 5 एम तथा ज्यादा से ज्यादा 40 एम तक के जॉब पकड़े जा सकते हैं और यह इसका डायमी अब हम देखेंगे इसका यूज मार्किंग करते समय गोल आकार के जॉब को सहारा देने तथा पकड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है तथा किसी गोल जॉब में ड्रिलिंग मशीनिंग इत्यादि ऑपरेशन करने तथा सहारा देने के लिए वी ब्लॉक्स का यूज किया जाता है इस तरीके से यह वी ब्लॉक्स का यूज किया जाता है